प्रिय दर्शकों नमस्कार स्वागत है भाग विश्लेषण के इस कार्यक्रम में मैं ज्योतिर्विदासी पाण्डेय लखनऊ से आप सभी दर्शकों के अंदर उपस्थित ईश्वर को परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर आज दिनांक 24 मार्च 2019 का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ चूँकि हमारा जो राशिफल है ये चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है और जो पंचांग हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे वो पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है तो जो भी प्रभावी गणनाएँ होंगी ये लखनऊ से मानक मान करके ही की गई हैं अतः जो हमारे दर्शक लखनऊ या इसके आसपास इसके क्षेत्र से हैं वो बताए गए समय के अनुसार यदि राहुकाल हो गया चाहे अमृतकाल हो गया चाहे सरवार सिद्धियोग हो गया तो चाहे विजय मुहूर्त हो गया तो इन सब अगर टाइम में आप कोई शुभ कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा चलिए दर्शकों अधिक समय ना जो है लेते हुए पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं विक्रम संपत दो हजार पचहत्तर सितंबर और जो संवत्सर चल रहा है ये विरोधकृत नामक संवत्सर चल रहा है शिशिर ऋतु है और चैत मास है कृष्ण पक्ष है और फाल्गुन कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो तिथि रहेगी दर्शकों रात आठ बजकर बावन तक की चतुर्थी तिथि रहेगी इसके उपरांत पंचमी तिथि लग जाएगी नक्षत्र रहेगा स्वाति इसके उपरांत विशाखा नक्षत्र रहेगा योग रहेगा हर्षण इसके उपरांत तो व्रज योग रहेगा करण जो रहता है चूंकि पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है तिथि वार नक्षत्र योग करण ये पंचांग के पांच अंग हैं तो जो करण रहेगा ये वब रहेगा इसके उपरांत तो बालो करण आएगा और इसके उपरांत तो कौलो करण आएगा चंद्रमा का गोचर तुला राशि में आज गोचर करेंगे सूर्योदय सूर्यास्त के चलिए हम बात कर लेते हैं तो आज सनराइज होगा सुबह छः पर और सनसेट होगा शाम को छः बजकर पंद्रह मिनट की यदि आज की हम बात करते हैं रविवार दिन रहेगा तो शाम को चार बजकर चौवालीस मिनट से छः बजकर पंद्रह मिनट तक की राहु काल रहेगा अर्थात सोलह बजकर चौवालीस मिनट से अट्ठारह बजकर पंद्रह मिनट तक का राहु काल रहेगा अगर आपको शुभ कार्यों को करना है तो विजय मूर्त या अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं यह रहेगा सुबह ग्यारह बजकर अड़तालीस मिनट से बारह बजकर सत्तावन मिनट का तो इस मुहूर्त में यदि आप कार्यों को करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी राहुकाल में कार्य मत करिएगा पूर्व में भी हमने आपको बताया था कि जो चतुर्थी तिथि होती है इसमें मूली और सफ़ेद तिल का सेवन नहीं करना चाहिए और जो पंचमी तिथि लगती है तो इसमें जो बिल्ग फल है इसको बिल्कुल भी मनाही है तो बिल्ग फल बिल्कुल भी आप लोग मत खाइएगा मतदान जो है मत दान दीजिएगा और चतुर्थी तिथि रहेगी तो चतुर्थी तिथि को मूली और सफ़ेद तिल का सेवन नहीं करना चाहिए दर्शकों दिशा की बात कर लेते हैं तो संडे दिन रहेगा रविवार को पश्चिम दिशा की ओर बिल्कुल भी यात्रा नहीं करनी चाहिए जी हाँ पश्चिम डायरेक्शन की ओर बिल्कुल भी यात्रा मत करिएगा यदि आवश्यक हो गया यात्रा करना तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो है पूरब की ओर पांच कदम चले उसके बाद ही आप यात्रा करिए और पान और घी खा करके आप यात्रा कर सकते हैं तो दर्शकों ये तो था देखिए हमारा जो है पंचांग अब हमारे जो राशिफल आती है राशिफल पर हम दृष्टि डाल लेते हैं कि राशिफल कैसा रहेगा और आगे बढ़ें उससे पहले बताना चाहेंगे कि जो भी दर्शक मध्य प्रदेश से हैं या जो है इंदौर और उज्जैन के क्षेत्र से हैं हमसे 20 और 21 तारीख को मिलने आ सकते हैं हम आपके शहर में रहेंगे ग्रह के गोचर की स्थिति देख लेते हैं तो चंद्रमा का गोचर तुला राशि में रहेगा गुरु वृश्चिक राशि में शनि और केतु धनु राशि में गोचर कर रहे हैं बुद्ध और शुक्र ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं सूर्य मीन राशि में गोचर कर रहे हैं मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और राहू जो दर्शकों है राहू का जो गोचर है ये है मिथुन राशि में चलिए दर्शकों राशिफल पर दृष्टि डाल लेते हैं 24 मार्च का राशिफल क्या कहता है तो राशिफल में हमारी जो प्रथम राशि आती है ये आती है मेष राशि एरीस कैसा रहेगा आज का दिन आप लोगों के लिए तो आज का दिन बड़ा आनंद पूर्वक आप लोगों का बीतेगा आज दिन भर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण है ये बढ़ चढ़ के आपके अंदर रहेगी से काम लीजिएगा जहां सम्मान मिलना है वहां आपको मिलता हुआ दिखेगा आलस्य करने पर सहयोगियों की मदद से आपके कार्य निर्धारित रूप से योजना के अनुसार पूर्ण होंगे नौकरी पेशा जातकों को आज अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा और कोई लाभ की आशा आज मत रखिएगा धन लाभ बाश्किल ही होगा आकस्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं और इन यात्राओं से भी बहुत अधिक लाभ नहीं होगा मित्र और रिश्तेदारों के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे और घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज अगस्त ऋषि द्वारा रचित आदित्य हृदय स्त्रोत का आप लोगों को पाठ करना रहेगा वृषभ राशि की ओर बढ़ते हैं हमारी जो अगली राशि आती है वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल कैसा रहता है तो आज के दिन वृषभ राशि के जातकों आपको अच्छा फल मिलेगा प्रातः काल से स्वास्थ्य रहेगा आलस हावी नहीं रहेगा लाभ पाने के लिए आज आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा कम समय में ज्यादा आज आपको जो है मुनाफा कमाने के लिए जो है बहुत जितोड़ मेहनत करनी पड़ेगी आज कोई अनैतिक कार्य मत करिएगा हालांकि आज जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बीते जो हमारे अविवाहित लोग हैं वृषभ राशि के जो अविवाहित जातक हैं, उनको कोई प्रस्ताव लव प्रपोजल मिल सकता है या विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है कार्य क्षेत्र पर आज लाभ की बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिएगा स्वयं के निर्णय पर भरोसा करिएगा दांपत्य जीवन से आज आपको जो है अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा और आज आपकी जीवन साथी आपकी मदद करती हुई नजर आएंगे यात्राओं के माध्यम से लाभ आज के दिन आपके भाग्य में लिखा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो जो हमारे वृषभ राशि के जातक रहेंगे इनको आज करना ये रहेगा कि कुमकुम अर्थात रोली बोलते हैं अपनी तरफ तो कुमकुम -कुम का तिलक आपको मस्तक पर लगाना होगा और जल में अक्षत हा मतलब होता है नहीं और छत मतलब होता है टूटा हुआ तो जो टूटा हुआ ना हो तो जल में अक्षत लीजिएगा और सूर्य देव को आज आप लोग अर्घ दीजिएगा मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं जेमिनी की ओर आज का राशिफल क्या कहता है तो आज का दिन आपके लिए अच्छा जाएगा दिन के पहले भाग में आज आपको कुछ लाभ होता हुआ दिख रहा है आज आप बिल्कुल शांत स्वभाव में रहेंगे हालत आप पर हावी रहेगा आज धन को लेकर के किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करिएगा अन्यथा लंबा नुकसान आप उठाते हुए दिख रहे हैं माता पिता से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है आज वाहन आपको सावधानी पूर्वक सच चलाने के यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं आर्थिक कारणों से आज हो सकता है आपकी घर में किसी से बहस हो और आज आप दान करते हुए नजर आएंगे धार्मिक धार्मिक क्रियाकलापों में मिथुन राशि के जातकों का दिन अच्छा बीतेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मिथुन राशि के जातकों को तो आज गाय को आप लोगों को गुड़ और चना खिलाना रहेगा कर्क राशि कैंसर आज का राशिफल कर्क राशि के जातकों के लिए क्या कह रहा है तो राशिफल जो आज कह रहा है साहब कि आज का दिन आपको धन लाभ मिलेगा आज का दिन शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति भरा रहेगा जिसका सीधा असर आज आपके कार्यों को देखने को मिलेगा आज जीवन साथी के साथ कुछ बात विवाद हो सकता है उच्चाधिकारियों के द्वारा आज, आज आप सम्मानित होंगे सरकार की तरफ से आज आपको अप्रत्यक्ष आप रूप से लाभ की स्थिति मिलती दिख रही है स्त्री पक्ष से आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं लेकिन आज आपको जो है कुछ थोड़ी बहुत झड़प हो सकती है बात विवाद हो सकता है शाम के समय आज घूमने फिरने के लिए आप बाहर जा सकते हैं और नए नए प्रभावशाली लोगों के आज, आज आप संपर्क में आएंगे आज भोजन उत्तम आपको रहेगा लेकिन स्वास्थ्य आज आपका थोड़ा सा डाउन होता हुआ शाम के संध्या के समय दिख रहा है खास करके पेट में आपको गैस हो सकती है और आंखों से संबंधित कोई कष्ट हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा देखिए पिता के पैर छुइए अपने पिता के चरण स्पर्श करिए और कोशिश कीजिए दंडवत प्रणाम करिए दूसरा आज आपको जल का अधिक से अधिक सेवन करना रहेगा और यदि हो सके तो आज आप लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करिए है। बढ़ते हैं लियो की ओर सिंह राशि के लिए आज का राशिफल कैसा रहेगा तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा स्वभाव से आज बहुत ज़्यादा आप संतुष्टि रहेंगे जिससे किसी भी कार्य को देखभाल करके ही जो है आज, आज आप मानेंगे मतलब आज अगर आप कोई टास्क दे दिया जाए तो उसको पूरा करके ही ख़त्म करेंगे कहने का मतलब ये है आज परिवार में जो भी पुरानी कले चली आ रही थी उससे आपको राहत मिलती हुई दिख रही है कार्यक्षेत्र पर आज आत्मविश्वास के साथ अधूरे कार्य पूर्ण करेंगे धन लाभ के लिए आज अच्छा दिन है खासकर के जो हमारे दर्शक व्यापार से जुड़े हुए हैं और जिनका बर्तनों का कारोबार है उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आज संतान के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट होती हुई दिख रही है इसके साथ साथ हो सकता है कि आज आप किसी के बातों में आकर के किसी को धन दे दें लेकिन ऐसा आपको करने से बिल्कुल बचना है पैसा नहीं देना है किसी को उधार मांगने पर आज आप बचिएगा कार्य में हो सकता है कि आपकी कुछ अनदेखी हो तो इससे वाद विवाद हो सकता है आपको कुछ ठेस पहुँच सकती है बुरा लग सकता है तो इन सब चीज़ों को आज मान करके चलिएगा कि आपके साथ होगा उपाय के तौर पर आप लोगों को करना क्या रहेगा देखिए आज प्रातःकाल शिवलिंग पर यदि हो सके तो गन्ने के रस से अभिषेक करिए यदि गन्ने का रस नहीं मिलता है तो जल में गुड़ डाल करके करिए क्योंकि जो गुड़ होता है ये भी गन्ने से ही बनता है चलते हैं हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि की ओर तो कैसा रहेगा आज का दिन आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा आज आपको आज आपको दिनचर्या योजनाबद्ध तरीके से बनानी पड़ेगी और उस फ्रेम में आपको अपने आप को ढालना होगा लक्ष्य पर अपने ध्यान दीजिएगा तो लाभ के आज आपको अवसर आप मिलेंगे आज कोई पुरानी संभावना है शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ कमी और थकान और दर्द की समस्या आती हुई दिख रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको जो है बरगद के वृक्ष पर जल में मिश्री डाल करके अभिषेक करना होगा लिब्रा की ओर बढ़ते, बढ़ते हैं कार्यों के प्रति कुछ उत्साह आज आप नहीं बना पाएंगे लेकिन आज आपको उच्चाधिकारियों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा वही पर आज, आज आपके नेम को आज आपके फेम को एक नई दिशा व दशा मिलेगी उच्चाधिकारियों के द्वारा आज आप बड़े जो है पुरस्कृत होंगे और कोई ना कोई पारितोषक आज आपको मिलेगा कोई नई टास्क कोई नई जिम्मेदारी कोई एक्स्ट्रा पद आज, आज आपको मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि आज जीवन साथी के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं कोई बढ़िया पकवान आज आप खाते हुए दिख रहे हैं कुल मिला के दिन आज आपका अच्छा रहेगा परिश्रम अधिक रहेगा लेकिन इसके तुलना में आज आपको लाभ भी अच्छा मिलेगा आज स्वार्थी लोग आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा रहेंगे तो इनसे आपको बच के चलना है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तुला राशि के जातकों को तो आज कोशिश कीजिएगा कि चांदी के गिलास में आप लोग जल का सेवन करिए और हो सके तो गुड़ का दान आज आप लोग ब्राह्मणों को जरूर करें हमारी अगली राशि आती है स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि कैसा रहेगा आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उससे पहले बताना चाहेंगे कि अप्रैल माह का राशिफल दर्शकों हमने डाल दिया आप तो कमेंट में जाकर के देख लीजिए पिन है ऑलरेडी वो और आप लोग जाकर के अप्रैल माह के सभी राशिफल देख सकते हैं तो आज का दिन आपके लिए मिला और अच्छा रहेगा दिन के आरंभिक भाग में कुछ आज मन बेचैन रहेगा और जीवन साथी के साथ हो सकता है कुछ अलगाव हो और प्रातः काल से ही यात्राओं का योग है प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे व्यापार आज आपकी एक नई दिशा व दशा तय करता हुआ नजर आएगा जिनका भी आज व्यापार कपड़ों से रिलेटेड फूड से रिलेटेड है उनको गति मिलती हुई दिख रही है आर्थिक संकट से उबरते हुए आज आप नजर आएंगे पूर्व में किए गए निवेश से आज आपको लाभ हुआ दिख रहा है आज किसी मित्र को आप वाहन वगैरह मत दीजिएगा अन्यथा चोट चपेट उनको लग सकती है और आपको भी आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए और यदि हो सके तो किसी महिला को आज सुगंधित वस्तुओं का दान करिए सर्जिटेरियस राशि आज का राशिफल राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा तो आज का दिन आपके लिए कार्य में सफलता वाला रहेगा बीते दिनों से जिस कार्य को लेकर भाग दौड़ कर रहे थे आज उसके पूर्ण होने से आय के नए मार्ग खुलेंगे अचानक से धनलाभ होता हुआ दिख रहा है लेकिन पेट संबंधी कोई रोग आज उभर करके सामने आएगा मित्रों से आज निकटता रहेगी आज समाचार मिलेंगे अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा यात्राओं से लाभ होगा सेहत कुछ समय के लिए खराब हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए और सूर्य देव को यदि हो सके तो जल में आज आप लोग लाल मिर्च के पीस डाल के तब अर्घ दीजिए मकर राशि की ओर बढ़ते हैं कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज का दिन आपको अच्छा फल देने वाला रहेगा आज कार्य व्यवस्था अधिक रहने से थकान रहेगी लेकिन आज आप धनलाभ बहुत ज़्यादा कमाएंगे कोई व्यवधान आएगा अध्यात्म की ओर आज आपकी रुचि बढ़ेगी और आज पिता से कुछ बात विवाद हो सकता है अधीनस्थों के रूखे रवैये से आज आपका मन कुछ बेचैन रहेगा हानि की कुछ गुंजाइश आज दिख रही है शाम के समय आकस्मिक धनलाभ होता हुआ दिख रहा है जिससे आज आपको राहत मिलेगी और पेट से रिलेटेड और हड्डियों के जोड़ों से रिलेटेड ज्वाइंट पेन से रिलेटेड आज आपको कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है तो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा देखिए आज यात्राओं से पहले आप लोग अदरक का सेवन करके घी का और पान का सेवन करके निकल सकते हैं और दूसरा आज शमी पत्र अपने पॉकेट में रखे रहिए आपके कार जो है जितने भी बिगड़े काम हैं हमारी कोशिश रहेगी कि सभी समीपत्र यदि आज आपके साथ है आपके पॉकेट में है तो आपका कार्य बनेगा कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं, हैंक्वायर्स की ओर तो आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए ठीक रहने वाला नहीं है दिन के आरम्भ से ही कार्य के प्रति उत्साह में कमी रहेगी संतान के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ आपको पीड़ा उठानी पड़ सकती है इसके साथ साथ दर्शकों आज आपको जो है अचानक से कोई पुराना शत्रु कोई चिंता दे सकता है उधर के पेट के ऊपरी भाग से रिलेटेड कोई आज आपको बीमारी हो सकती है परेशानी हो सकती है कहीं ना कहीं किसी न किसी परिजनों के अशुभ समाचार सुन के मन बड़ा व्यथित होगा महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा सरकारी उलझनों में पड़ने की संभावना अधिक है महिला वर्ग जो रहेंगे अन्य लोगों से बात विवाद में मत पड़िएगा झगड़ा लड़ाई बिल्कुल भी मत करिएगा और आज आपको पूरब की दिशा में जो है पैर करके बिल्कुल भी नहीं सुनना है पूर्व दिशा की ओर पैर करके मत सोइएगा और उपाय के तौर पर बताना चाहेंगे कि शिवलिंग पर आज आपको दूध से अभिषेक करना रहेगा चलिए राशिफल का सिलसिला यूं ही चल रहा है और एक बार पुनः आप लोगों को बता दें कि बीस और 21 तारीख को इंदौर और उज्जैन में मिलना आप लोग मत भूलिए अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए अंतिम राशि की ओर बढ़ रहे हैं मीन राशि आती है हमारी अंतिम राशि व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला कार्य क्षेत्र पर सुव्यवस्था रहने से लोगों को शीघ्र आकर्षित कर लेंगे आज कोई नए प्रेम प्रस्ताव में आप जो है पढ़ते हुए नजर आएंगे आज आपके निर्णय की चारों ओर चौर प्रशंसा होगी और प्रातःकाल से ही अल्प दूरी की यात्राओं का योग है और किसी अपने परिजन से मिलने आज आप भेंट करने जा सकते हैं सेहत को लेकर थोड़े आशंकित रहेंगे जमीन या अचल संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं किसी भी पेपर वर्क पर पूर्ण करने से पहले एक बार अच्छे से यदि आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मीन राशि को तो आज आप लोग पीपल के पत्ते पर हल्दी से आप लोग श्रिंग लिखिएगा और उसको अपने लॉकर में रख लीजिएगा पहला उपाय दूसरा उपाय दूध में केसर डाल के अधिक से अधिक सेवन करिए और नहाने वाले पानी में जल डाल के तब नहाइए कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा और हाँ दर्शकों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए वीडियो को अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए यदि आपको ये वीडियो नापसंद आया हो तो डिसलाइक करिए लेकिन कुछ आप लोग करिए क्योंकि ये जो संकेत बने रहते हैं ये आखिर में कुछ करने के लिए ही बने रहते हैं। देखिए या तो आप का, का। करेंगे तो अच्छी बात है। करेंगे तो भी अच्छी बात है आगे से हो सकता है कोई सुधार करें तो दर्शकों प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइए और इस वीडियो को जमकर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ दीजिए अपने इस जोशी मित्र को इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार